सिग्मा रूल 69 ये कहता है अभी अभी ना एक बार फ्री फायर ने क्रिएटर क्लास टूर्नामेंट किया मेरे को बोला कि पीसी प्लेयर नहीं खेल सकते तो अभी ना ने क्रिएटर क्लास का टूर्नामेंट करवाया और मेरे को बोला तुम खेलो मैं बोला नहीं खेलूंगा और वैसे भी सभी टूर्नामेंट में ना पीसी प्लेयर जो लोग नहीं करते मतलब नहीं खेल सकते सिगमा रूल मैंने अपलाई किया अगर उनकी टूर्नामेंट में हम नहीं खेल सकते तो हम खुद की टूर्नामेंट बनाए